या देवी शर्वूतेषु शक्तिपेणु संस्था नमस्त नमस्त नमस्तस्य नमो नमः दुर्गे स्मृता हतीम भीतिम शेषजनत स्वस्थ स्मृता मतमति शुभ दधासी दारिद्र्युख भणी कादा सदा चिंता दर्शको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 पंचांग बेसिकली पांच पांच अंगों से मिलकर के बना होता ये है ये अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण विक्रम 1941 रविवार दिन रहेगा सूर्योदय ंग हैविवार मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बावन मिनट पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दर्शकों आठ बजकर चौदह मिनट शाम तक की नक्षत्र रहेगा हस्त इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र रहेगा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 बजकर मिनट तक की की इसके उपरांत तुला राशि में होंगे दर्शकों काल की बात कर लेते हैं तो राहु काल रहेगा शाम को साढ़े चार बजे से चार बजकर तेईस मिन ते बावन मिनट तक की शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो अमृत काल में कर लीजिएगा दोपहर एक बजकर बावन मिनट से तीन बजकर सोलह मिनट तक रहेगा और द्वीप योग जो है शाम को आठ बजकर चौदह मिनट से फिर अगले दिन सुबह छह बजकर दो मिनट तक की रहेगा